या देवी शर्वभूतेषु शक्तिपेणु संस्था नमस्त नमस्त नमो नमः दुर्गे स्मृता हतीम भीतिम शेषजनत स्वस्थ स्मृता मतमतिम शुभ दधासी दारिद्र दुख भय भयहारिणी का सर्वोकारपराय सदाशिता दर्शको शारदीय नवरात्रि का प्रारंभ आज से शुरू हो गया है 29 तारीख से और इससे संबंधित एक हमने वीडियो बनाया हुआ है अपने चैनल पर वो वीडियो हमने डाल दिया है लेकिन फिर भी आप लोगों की सुविधा के लिए जो हमारा आज का राशिफल है दिनांक 29 सितंबर का इसमें हम आपको घट स्थापना का शुभ मुहूर्त बताए दे रहे हैं क्योंकि आज अमृत सिद्ध और सर्वाथ सिद्धि का संयोग रहेगा इसलिए घट स्थापना यदि आप लोगों को करनी है कलश स्थापना यदि आप लोगों को करनी है तो सुबह नौ बजकर पंद्रह मिनट से बारह बजकर बीस मिनट के बीच आप लोग कर सकते हैं ये सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त रहेगा और इस मुहूर्त में यदि आप जो है घट स्थापना करते हैं तो माँ दुर्गा की विशेष कृपा आप पर बनी रहेगी दर्शकों इस बार माँ दुर्गा का जो वाहन है माँ दुर्गा अपने मैके धरती आएँगी कैलाश से तो उनका वाहन गज रहेगा गज मतलब तो आप लोग जानते ही हैं हाथी तो माता जो है गज बस आरूढ़ होकर के सवार होकर के आएंगी माता का आगमन भी कई मामले में जो है आने वाले भविष्य की ओर इंडिकेट करता है संकेत करता है जैसे कि पिछली बार भी माता गज पर ही आई थी तो आप लोग देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा वर्षा हुई है और कितनी ज़्यादा रक्तरंजित घटनाएं हुई हैं और मां जो इस बार वापस जाएंगी, तो ये नंगे पैर जाएंगी। कुछ लोगों ने बताया है घोड़े पे जाएंगी तो घोड़े पे नहीं जाएंगी नंगे पैर जाएंगी दुर्गा सप्तती में जो है इसका जो है साक्षात इसका वर्णन आता है देवी भागवत पुराण में वर्णन आता है तो माता का आगमन कई मामलों में जो है देश के लिए शुभ रहेगा शेयर मार्केट अच्छी ग्रोथ करेगा और जल जो है पानी है वर्षा है इसकी समस्या नहीं होगी वर्षा बहुत अधिक होगी किसानों की आय अच्छी होगी किसान इस बार बड़े खुश होंगे प्रसन्न रहेंगे और देश के आर्थिक मामलों में गति मिलेगी गज में आने का मतलब है देखिए जो हाथी होता है आप लोग देखे होंगे पहले युद्ध में भी हाथी का प्रयोग होता था तो कहीं ना कहीं जो है युद्ध की भी इंडिकेशन हो रही है फिर चाहे वो ईरान अमेरिका के बीच हो जाए या भारत और पीओके के बीच कुछ तनातनी बढ़े और कुछ ना कुछ जो है ये घटनाएं छुटपुट होती रहेंगी आतंकवादी घटनाएं भी हो सकती है इससे जो है इनकार नहीं किया जा सकता है दर्शकों चलते हैं आज के दिन के पंचांग की ओर पंचांग बेसिकली पांच अंगों से मिलकर करके बना होता ये है ये पांच अंग है तिथि वार नक्षत्र योग करण विक्रम संबत् दो तक संबत्त उन्नीस रविवार दिन रहेगा सूर्योदय होगा प्रातः छः पर सूर्यास्त का शाम को पांच बजकर बावन मिनट पर शुक्ल पक्ष की तिथि रहेगी दर्शकों तक की नक्षत्र रहेगा। करण रहेगा किस्तुधन इसके उपरांत भव और अंतिम करण जो रहेगा ये रहेगा करण योग रहेगा ब्रह्म इसके उपरांत इंद्र योग रहेगा रविवार दिन रहेगा दर्शकों चंद्रदेव जो चलायमान रहेंगे ये कन्या राशि में चलायमान रहेंगे पांच बजकर छियालीस मिनट तक की इसके तुला राशि में चलायमान होंगे दर्शकों राहु काल की बात कर लेते हैं तो राहु काल रहेगा शाम को साढ़े चार बजे से चार बजकर तेईस मिनट से ते लेकर के पांच बजकर बावन मिनट तक की शुभ कार्यों को यदि करना होगा तो अमृत काल में कर लीजिएगा दोपहर एक बजकर मिनट से तीन मिनट तक रहेगा और द्वीप योग जो है शाम को आठ बजकर चौदह मिनट से फिर अगले दिन सुबह छः बजकर दो मिनट तक की रहेगा अभिजीत मुहूर्त रहेगा ग्यारह बजकर तैंतीस मिनट सुबह से बारह बजकर बीस मिनट तक की सर्वात सिद्धि योग रहेगा सुबह छः बजकर एक मिनट से सात बजकर आठ मिनट तक की सर्वात सिद्धि योग है तो आप लोग जो है कलश स्थापना इस मुहूर्त में भी कर सकते हैं लेकिन नौ मिनट से ले करके और बारह तक का जो समय रहेगा इससे अच्छा तो कोई समय हो ही नहीं सकता दिशा सुल की बात करें तो रविवार को पश्चिम दिशा की ओर यात्रा नहीं करनी चाहिए यदि आपको यात्रा करना पड़ जाए तो कोशिश कीजिएगा पान का सेवन अथवा घी का सेवन या गुड़ का सेवन करके आप यदि यात्रा करेंगे तो आपकी यात्राएँ मंगलमय होगी और पहले आपको चलना रहेगा पूरब की ओर चार पग इसके उपरांत पश्चिम की ओर आपको चलना रहेगा दर्शकों ये तो था हमारा पंचांग अब हम बढ़ते हैं अपने राशिफल पर कि आज की राशियां क्या कहती हैं मेष से लेकर के मीन राशि का हाल लेकिन दर्शकों यदि आप नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए बगल में बना बेल आइकन दबाइए वार्षिक राशिफल सभी राशियों का हमने डाल दिया है अक्टूबर माह का भी राशिफल हमने समस्त राशियों का डाल दिया है तो आप लोग भी इसको देख सकते हैं वृषभ राशि के जात को नवरात्र का पहला दिन आप लोगों के लिए कैसा रहेगा तो नवरात्र का पहला दिन ये संकेत कर रहा है कि परिवार वालों के साथ आज, आज आपका बेहतर समय बीतेगा जो लोग मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं आज उन्हें तरक्की के कई अवसर प्राप्त होंगे किसी बड़े की मदद करने से आज, आज आप राहत महसूस करते हुए नजर आएंगे आज आपके कार्यक्षेत्र में हर तरीके की चुनौतियों का सामना करने में आप सक्षम रहेंगे आपका खुशनुमा व्यवहार घर में रौनक का माहौल बना देगा आज आप करियर में नए आयाम स्थापित करते हुए नजर आएंगे आर्थिक मामलों में आज, आज आपको लाभ के तमाम अवसर प्राप्त होंगे जो कोई आर्ट स्टूडेंट है इनको करियर में अच्छी सफलता प्राप्त होती हुई दिखाई दे रही है माता पिता का पैर छू कर के आशीर्वाद लीजिए और दुर्गा सप्तशती के सिद्ध कुंजिका स्त्रोत का पाठ करिएगा माता रानी आपके समस्त कार्यो की सिद्धि करेंगी शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा हरा शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा दो और शुभ दिशा आपके लिए रहेगी दक्षिण दिशा तो दर्शकों ये तो था हमारा राशिफल कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताइए नए हैं तो सब्सक्राइब बेल बेलाइकन जरूर दबाइए हमारी सारी वीडियो आप तक की पहुंचे वार्षिक राशिफल 2020 इस चैनल पर डाल चुके हैं सभी राशियों का आप लोग देख सकते हैं अक्टूबर माह का भी राशिफल और विशेषकर उसमें जो दीपावली से जुड़ा हुआ प्रयोग है सभी राशियों के लिए हमने बताया है तो आप लोग को वीडियो जाकर के जरूर देखिए दीजिए इजाजत मिलते हैं नए वीडियो में तब तक के लिए जय माँ दुर्गे